आज बहुत टाइम के बाद हम जा रहे हैं बाइक और स्कूटी लेके आएगा ना स्कूटी ली मैं चला ही नहीं कितने महीनों से तो अभी चलते हैं, चलते हैं थोड़ी। तो भी खाली खाली रोड रहती है यहाँ पे अच्छा अरे जंगल में चले जंगल में ऑफ रोडिंग चल रही तुम्हारे जंगल में वो भी स्कूटी से बहुत तेज हो रहा है यहाँ से चलो मेरे रोड आ चुकी है ये आयो ए फ्यू मोमेंट्स लेटर चलो भाई चलो भाई अब फोन गिर गया फोन गिर गया फोन फोन गिर गया फोन गिर गया अबे चोली के पीछे के भाई फोन तोड़ दिया इन्होंने देखना